हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन मेरे चैनल एस के आर में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम गूगल क्रोम के कुछ स्पेसिफ़िक फीचर्स के बारे में सीखेंगे फ्रेंड्स गूगल क्रोम आपका ऐसे कैलकुलेटर भी वर्क करता है देखते हैं कैसे फ्रेंड्स सपोज आपको पाई का मान निकालना है तो आप सिंपली यहाँ गूगल क्रोम गुग पर जाएँगे नॉर्मली गूगल क्रोम गुग पर जाएंगे और आप यहाँ पर सिम्पली बाईस बटे साथ लिखा आपने ये फ्रेंड्स ने अपने आप दिखा दिया कि थ्री पॉइंट ही होता है आप फ्रेंड्स किसी भी टाइप की कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब कर सकते हैं इसमें प्लस है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरह से प्लस करके भी इन सब चीजों को देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करनी है कुछ तो इस तरह से आप इसको बहुत इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके आ, के दूसरे फीचर्स के बारे में नेक्स्ट फीचर्स के बारे में फ्रेंड्स आपके पास अगर कोई पी फाइल है और आपको उसको ओपन करना है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप की रिक्वायरमेंट होगी बस फ्रेंड यहाँ पर आप गूगल क्रोम की हेल्प से इसको डायरेक्टली कर सकते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये आपके पास पी फाइल है आप सिम्पली इसको यहाँ से ड्रैक एंड ड्रॉप करेंगे वहाँ से लेफ्ट क्लिक करके उसको ट्रैक एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे फिर इसको ऐसे ड्रैक करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स जो भी आपकी पीडीएफ फ़ाइल होगी वो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगी इसी तरह से फ्रेंड्स आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है वो आपको ओपन करनी है तो आप जहाँ भी टेक्स्ट फाइल है आप उसको ऐसे माउस के लेफ्ट क्लिक से ऐसे ट्रैक करके यहाँ पर इसके एड्रेस बाहर पे लाएँगे और यहाँ पर इसको आ, ऐसे इस तरह से कर देंगे फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली डेक्स फाइल भी आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तरह से आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऑडियो सॉन्ग या वीडियो सॉन्ग भी आपको अपने सिस्टम में ओपन करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जैसे बी या मीडिया प्लेयर या कुछ भी बट फ्रेंड इसको आप अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है वी या कुछ नहीं है तो भी आप इसको चला सकते हैं गूगल क्रोम से फ्रेंड्स सपोज ये वीडियो सॉन्ग है मेरे को इसमें चलाना है आप सिंपली यहाँ से इसको उठाएंगे ड्रैक करेंगे और फ्रेंड्स इसके बाद एंट्रप्लेस करेंगे तो जो भी आपका वीडियो सॉन्ग होगा ऑडियो सॉन्ग होगा वो आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा इसी तरह से फ्रेंड्स कोई ऑडियो सॉन्ग है यहाँ पे ट्रैक करिए एंट्रेस करिए जो भी होगा वो आपका यहाँ ट्रैक एंड ड्रॉप हो जाएगा इसी तरह से फ्रेंड्स इसमें आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं आपके पास कोई इमेज है इमेज को अब यहाँ ट्रैक और एंटर कर दीजिए आपकी इमेज ओपन हो जाएगी तो फ्रेंड्स इस तरह से आप गूगल कोम की हेल्प से ये सारे वर्क कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो आपकी कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू